दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने अभी तक पढ़ा है उसी बेस्ड पे हम एडवांस का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं यहाँ से भी एडवांस क्वेश्चन बने हुए हैं आपको देखिए ये कराने का मकसद मेरा वही था ये आपको दिखाना कि एडवांस क्वेश्चन देखिए बस मल्टीप्लिकेशन टॉपिक से ही कि, कि अपने मेट्राइस का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता वहाँ से ये एडवांस क्वेश्चन एराइज हो सकता है बाकी टॉपिक तो अभी इसके बचे ही हुए हैं आइए इसको हम लोग करते हैं सो so, आइए इसको देखें कैसे करना है पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन लेट पी इज इक्वल टू वन जीरो जीरो फोर वन जीरो सिक्सटीन फोर वन एंड आई बी द आईडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थ्री ऑर्डर ऑर्डर थ्री इफ क्यू इज इक्वल टू क्यू बोलता है एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्यू आई जे है एक क्यू मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्यू चलेगा इज अट्रिक्सैट एक मैट्रिक्स जिनके बीच का ये रिलेशन दिया हुआ है पी टू द पावर फिफ्टी माइनस क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन आपको कहता है कि क्यू थ्री वन प्लस ये एलिमेंट है q जो मैट्रिक्स है कैपिटल q, उसके ये एलिमेंट है Q31 थ्री वन प्लस क्यू अपन क्यू को आप जो भी आप पहले तो Q ये मैट्रिक्स सबको बनाना पड़ेगा फिर उसके पोजीशन को देखकर आपको ये एलिमेंट लेने हैं वो एलिमेंट को लेकर आपको जस्ट सॉल्व कर देना है और ये सॉल्व हो जाएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा आइए तो पहला काम हमें क्या है कि P50 फिफ्टी माइनस एक ये रिलेशन को पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन में आए हम ऐसा सोल्यूशन करें अगर हम तो आप देखेंगे क्या तो आपको दिया हुआ था क्या एक रिलेशन है पी फिफ्टी माइनस क्यू इज इक्वल टू आई हमें निकालना क्या है हमें Q निकालना अगर Q मैट्रिक्स आप निकाल लेते हैं अगर हमें निकालना क्या है अब Q मैट्रिक्स दें अगर Q मैट्रिक्स Q आपको पता चल जाता है तो एलिमेंट पता चल जाएगा और एलिमेंट आपको पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा तो क्यों ना हम यहाँ से क्यू निकाल लें तो क्यू क्या बनेगा Q इक्वल टू बन जाएगा P टू द पावर 50 माइनस आई ये रहा आपका रिलेशन P टू द पावर 50 माइनस आई अब हमारा काम क्या है P दिया हुआ है P1 पता है P स्क्वायर निकालेंगे पी क्यू निकालेंगे P 50 निकालेंगे जब P 50 निकल जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ उसको माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे तो हमारा क्यू निकल जाएगा तो क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो गया आइए करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं जो P है आपका P दिया हुआ है मैं ऐसा करता हूं यहीं करता हूं P आपका वो तो पता है P क्या है यहीं लिखते हैं P इज इक्वल टू वन जीरो जीरो फोर वन जीरो सिक्सटीन फोर वन ये आपका P है अब हमें निकालना है P स्क्वायर P स्क्वायर के लिए डियर इधर इसको हम करते हैं P स्क्वायर के लिए हम क्या कर लेंगे हमें पता है P स्क्वायर इज़ इक्ल टू होगा P इन P पी हमारा क्या है वन जीरो जीरो फोर वन जीरो सिक्सटीन फोर वन इन ध्यान से देखिएगा ये मल्टीप्लीकेशन वाला चीज़ें हैं ये तो आप भी कर सकते हैं मैं टाइम और ये बोर्ड पे स्पेस बचाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं तभी आप ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं p स्क्वायर का मन डायरेक्ट में देखकर लिख देता हूँ अपने नोटबुक से p स्क्वायर जो बनेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर बनेगा पी स्क्वायर जो होगा मैं इधर से नोट कर देता हूँ पी स्क्वायर होगा वन वन जीरो जीरो एट वन जीरो एट वन जीरो देन फोर्टी एट एट वन फोर्टी एट एट वन ये हो गया आपका p स्क्वायर आपका ये पी वन है ये पी वन है ये p स्क्वायर हो गया इसी तरह हम क्या करेंगे पी क्यू निकाल लेंगे इसी तरह हम क्या करेंगे पी क्यू निकाल लेंगे वो होता है पी स्क्वायर इन मैं इसको भी डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ टाइम और स्पेस बोर्ड पे स्पेस बचाने के लिए आप कर लीजिए घर पे इसको जो pq बनेगा वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो सिक्सटीन वन जीरो सिक्सटीन नहीं है डर ट्वेल्व होना चाहिए एक लगता है मैं गलत लिख रहा हूँ ट्वेल्व वन जीरो ट वन जीरो नाइन्टी सिक्स टूवेल्व वन नाइनटी सिक्स ये अब आप आपका था ये पी क्यू था सो so आपने क्या देखा P1 देख लिया पी स्क्वायर निकाल लिया और पी क्यू निकाल लिया थोड़ा इनके एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं पहला रो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो फिक्सड है दूसरा रो का पहला एलिमेंट देखिए 4 8, 12, 4, 8, 12 टाइप का क्वेश्चन रहा है 4, 8, 12. तो हमें यहीं से इनका प्रोसेस हमें निकाल लेना है यहीं से इनका सीक्वेंस पकड़ना है और इनको हमें सॉल्व करना है चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और हमें p टू द पावर हमें एक्चुअली हमें निकालना तो p टू द पावर 50 है तो उससे पहले हम p टू द पावर n निकालेंगे पी टू द पावर एन निकालेंगे और फिर एन की जगह हम फिफ्टी रख उसको सॉल्व कर लेंगे ओके चलिए करते हैं इसको चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं एक एक एलिमेंट को पहले यहीं निकाल लेते हैं फिर यहाँ पर पी टू 50 हम लिख लेंगे उधर सॉल्व कर लेंगे पहला एलिमेंट तो ठीक है इस एलिमेंट की अगर बात करें हम ध्यान से देखिएगा इस एलिमेंट के लिए मैं काम करने वाला हूँ फोर एट टूवेल्व फोर एट ट्वेल्व 4, 8, 12, डॉट डॉट डॉट अगर n टर्म्स के लिए निकाला जाए तो आपको दिख रहा है ये ए में चल रहा है ए में चल रहा है तो एन जो बनेगा आपको पता है 4 प्लस एन माइनस वन इंटू फोर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो an एन इज इक्वल बन जाएगा ये 4n. आपने इसको कर लिया इसका p का अपने n टर्म्स निकाल लिया 4, 8 12. बाकी 10 10 इस फिक्स्ड देन आता है आपके पास 16 90, 16 90 48 96 इसको बाद इसको बाद में करेंगे पहले कर कर लेते लेते हैं हैं वाले एलिमेंट को 4 8 12 ये ये भी भी आपको पता चल गया ये भी आपका 4n ही होगा तब आता है अब इसको हम लोग आखिरी वाले को करते हैं 16 48 और 96 इसको मैं यहां करूंगा डियर इधर यहां करते हैं। तो लिखते हैं यहां से एस एन इज इक्वल टू सिक्स प्लस फोर्टी एट 96 नाइन्टी सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट आपको पता है यहां कहीं जाकर ये टर्म है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म इसी तरह आगे आपको लास्ट टर्म मिलेगा जिसको आप ए एन बोल सकते हैं और इसके जस्ट पहले टर्म को क्या बोलते हैं ए एन माइनस वन बोलते हैं स्पेस के कारण मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा डियर इसको ध्यान से देखिए सिक्स क्या है? कुछ पता चल रहा है कि यह ए है या जी है नहीं ना ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ए पी जी सीरीज को हम सोल्व करने के लिए क्लास अलेवेंथ में याद कीजिए मैथड ऑफ़ डिफरेंस का यूज करते थे मैथड ऑफ डिफरेंस हम लगाते थे और मैथड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते थे जहाँ पे हमें नहीं मिलता मैथड ऑफ डिफरेंस कहता है क्या है कि एक टर्म को शिफ्ट करके लिख दीजिए शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स तो क्या कहता क्या, क्या है कि आप टर्म को शिफ्ट कीजिए और उसको लिख दीजिए जैसे करके मैं यहाँ तो लिखूंगा Sn एन इज इक्वल टू को मैं शिफ्ट कर दूँगा यहाँ प्लस 48 एट प्लस नाइन्टी प्लस यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपका ए एन माइनस वन और यहाँ आ जाएगा प्लस ए एन ये टर्म मैंने शिफ्ट कर दिया है उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए हम क्या करेंगे इसको सब्टेक्ट करेंगे जब आप सब्टेक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ आपको जीरो बनेगा और ये एज इट इज़ 16 आ जाएगा और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आठ थर्टी टू आ जाएगा प्लस जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये माइनस कर लीजिए 48 इसी तरह नेक्स्ट टर्म भी शिफ्ट हो जाएगा माइनस हो रहा है सिक्सटीन थर्टी टू प्लस आगे वाला टर्म आपको जानने के बाद यहाँ मिलेगा कहीं पे आपको ये मिलेगा ए एन माइनस वन और यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस ए एन यही टर्म आपको मिलने वाले बाकी टर्म देखिए ऑटोमेटिक ए एन यहाँ है इसके नेक्स्ट वाला टर्म होगा ए एन माइनस वन ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे जो फाइनल आपको ए एन मिलेगा ए एन को इधर उठा के ले आइए ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 32 प्लस 48 प्लस कहां तक एन टर्म्स ये आपका एन टर्म्स तक चला जाएगा ये क्लास अलेवन्थ का टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंस अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ईजिली समझ में आता होगा अदरवाइज जब मैं क्लास अलेवेंथ में पढ़ाऊँगा ए पी जी पी वहाँ पर आप वहाँ वीडियो आप देख लीजिएगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ मेथड ऑफ़ डिफरेंस कहता था कहते ये माइनस करके लिखिए और लास्ट में जब ए एन है तो इधर ले आइए और बाकी ये देखिए कि अब ये आपको ए के फॉर्म में देखिएगा अब ये आपको एक ए पी के फॉर्म में आपको दिख रहा है यहाँ से आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं देखिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ ए एन बराबर मैं चाहूँ तो यहाँ से 16 कॉमन ले लूँ 16 कॉमन लेने के बाद आपको पता है ये वन बन जाएगा ये टू बन जाएगा ये थ्री बन जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट एन टम्स सम ऑफ एन नेचुरल नंबर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होगा ये सिक्सटीन इन इन टू एन प्लस वन बाई टू होगा टू से एटीन कैंसिल हो जाएगा सिक्सटीन तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा एट एन इन टू एन प्लस वन ये आपका आ गया पी टू द पावर एन का मान पूरा इसको मैं चाहूँ तो यहीं पे लिख सकता हूं पी एन इज इक्वल टू ध्यान से देखिएगा पी एन इज इक्वल वन जीरो जीरो इज़ फिक्सड वन जीरो जीरो इज़ फिक्सड टूल्व वाला था इसके जगह फोर एन आ जाएगा n टम के लिए वन जीरो इज ऑल्सो फिक्स्ड उसके बाद ये आप निकालनी है इसके लिए तो यहाँ लिख लेंगे एट n इंटू एन प्लस वन और दिस इज़ फोर एन और हेयर वन ये आपका p टू द पावर एन निकाल लिया आपने जब आपने पी टू पावर एन निकाल लिया तो अब आपको पी टू पावर 50 निकालना है इसको रफ करने वाला हूं यहां तक में कहीं भी कुछ है तो आप एक बार देख लीजिए और मुझसे डाउट पूछ लीजिए बाकी मैं इसको रफ करूंगा तो एक बार और मैं समझा दू देखिये मैंने क्या किया पी टू दावर फिफ्टी निकालने के लिए हमें पी टू दुपाव फिफ्टी निकाल पी हमें पता ये आपका पी वन था पी वन है पी टू है पी थ्री हमने निकाल लिया था फिर इसके सीक्वेंस को हमने पकड़ा कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा और ये क्लास इलेवन का टॉपिक एपी जी मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके हमने ये सीरीज को इस सीक्वेंस को पता कर लिया अब यहाँ पर हमें पी टू निकालना है मैं इसको अब रफ करूँगा स्पेस बनाने के लिए चलिए आइए देखिए आई ए तो हमारा क्या था p टू द पावर n अब हमें p टू द पावर 50 निकालना है तो यहीं पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये 1 0 0 ये 4 इंटू फिफ्टी वन जीरो एट इंटू फिफ्टी इंटू फिफ्टी प्लस वन और ये 4 इंटू फिफ्टी और ये हो जाएगा 1 ये आपने निकाल लिया अब इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट हम पी टू दिफ्टी आप यहाँ से इसको सिम्प्लीफाई कर लीजिए आपको पता चल जाएगा वन जीरो जीरो टू हंड्रेड वन आपको मिल जाएगा टू डबल फाइव जीरो टू डबल फाइव टू डबल फाइव जीरो मिल जाएगा प्लस ये आपका यहाँ 200 है ही और ये आपका कितना हो जाएगा 1 है यह आपने p टू दावर फिफ्टी टू दावर फिफ्टी निकालने के बाद आपको q निकालना है तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ माइनस कर सकते हैं q इज इक्वल टू p टू द पावर 50 माइनस i। जब आप यहाँ पे करेंगे इसको सोल्व p टू द पावर 50 माइनस i एक बार और यहीं कर लेते हैं 1 0 0 200 1 0 इसको ऐसे ही रखिए इंटू मत कीजिए वरना थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा जित आइडेंटिटी मैट्रिक वही होता जो मैट्रिक्स होता उसी का फॉर्मेट में लिखा जाता है वन जीरो जीरो उसका ऑर्डर वही चलेगा वन जीरो जीरो जीरो जीरो वन चलिए इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं माइनस कर लेंगे जब अब इसको आप माइनस करेंगे तो जो Q मिलेगा आपको वन माइनस वन जीरो जीरो 200 0 0 8 एट इंटू टू डबल ये आपका Q निकल गया जो आपको Q चाहिए था आपने Q निकाल लिया यहाँ पे जब आपका Q पता चल गया अब आपको क्या टर्म चाहिए क्यू थ्री वन क्यू थ्री टू, क्यू टू वन, ये सारे टर्म्स चाहिए यहाँ से एलिमेंट्स चाहिए यहाँ से उसको आपको देखिए क्यू टू है क्यू थ्री है Q32 है तो सारा का सारा आपको यहां दिख रहा है उसको यहां पे लेना है और यहीं पे हम सॉल्व कर देना मैं इस बॉक्स में कर देता हूं ताकि कुछ रफ ना करना पड़े मैं इतने में ही करूंगा ओप्सो इतना में हो जाना चाहिए तो आप क्या देखेंगे Q31, Q31 वन क्यू थ्री वन इज एट इंटू टू प्लस Q32 वो कितना है 200 है अपॉन Q21 कितना है वो भी 200 है अब इसको आपको क्या करना है सिंपलीफाई कर लेना है वो आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आप देखेंगे क्या मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व कर लेते हैं ज़्यादा इजी होगा ये जीरो का जीरो एट फाइव जो फोर्टी का जीरो फाइव जो फोर्टी के फोर हो जाएगा एट टू जो सिक्सटीन सो लो चार बीस हो जाएगा देखिए ये ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए इनटू करके करना प्लस कॉमन लेंगे तो मे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आप यहाँ क्या देख रहे हैं अब इसको चाहे तो आप यहाँ से ऐड कर देंगे तो जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो भी बन जाएगा टू जीरो सिक्स चार दो छः डबल अपॉन दो ये बन जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे इसको ये दो जीरो या दो जीरो कट जाएगा 2 से ये 106 कट जाए 206 कट जाएगा आ जाएगा 103 देखिए ये सॉल्यूशन देखिए खुद से भी घर पे कीजिएगा ज़्यादा लेंदी है नहीं कर लेंगे आप आप तो अपने हिसाब से या तो कॉमन ले लीजिए या तो मल्टीप्लाई करके कर लिए जो आपको सही लगे अब भैया हम ऑप्शन से मैच करते हैं ऑप्शन ए 52 ऑप्शन बी 205 ऑप्शन सी फाइव एंड ऑप्शन डी देखिए वन नाट तो आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है यही सही होगा ये आईआईटी आई एडवांस का क्वेश्चन था 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था अब आपको यहाँ से ये सब क्वेश्चन कराने का मेरा एक ही मकसद है ताकि आपको आइडिया लगे आपको आइडिया लगे कि, कि किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से कैसा बन रहा है बाकी आपको खुद तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितना सर करा देंगे उतना सफिसियेंट है कि मैथ में कुछ सफिसियट नहीं होता है आपको जितना से ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना आप उसमें एक्सपर्टिज होंगे एक्सपर्ट होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बाकी ये क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं और होप्सो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तो ये यह जहाँ तक बात है मेथड ऑफ डिफरेंस का ए का एक सब टॉपिक है ए पी का वहाँ पर आप देखेंगे इन्फ़ानाइट सीरीज वाले टॉपिक में तो आपको आरडी डी शर्मा या कोई भी बुक में तो वहाँ आपको मिल जाएगा आप इसको कवर कर लेंगे अदरवाइज़ आप मुझसे क्लास अलेवेंथ का जब मैं ये टॉपिक शुरू करूँगा तब आप ये मुझसे पढ़ लीजिएगा थैंक यू क्लास थैंक यू ऑल